इस कदर तुम से हमें प्यार हो गया हँस ज्यादा दुस प्यार हो गया दिन तेरी चा तुम्हें गुजरने लगे दिल के हर गली तुमसे मिलने चले पहलू में हर तुम बैठ रहे डूब रहे तेरी आंखों में इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया हंस ज़्यादा हद से पार हो गया हमेश के है तेरी यादों से हमेश के तेरी बातों से तेरी नींदमया तो ते खाब से तेरे साथ हुई मुलाकात से ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ मुझे ईश्के हाथ छूने से मुझे इश्क़ है हाथ होने से तेरे हाथों में अपने हाथों से तेरे साथ कटे दिन रात से चेहरे को तेरे देखा करे चेहरे को तेरे देखा करे लेके तुझे इन बाहों में इस कदर तुमसे प्यार हो गया हंस ज्यादा से पार हो गया